कैपेसिटी बिल्डिंग मूल रूप से आम माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनु नवाचार और श्रेष्ठ जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं विकास के कार्यों को कैसे और तीव्रता हम ला सकते हैं इसके बारे में आज सुबह से शाम तक चले वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें